पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की एक बड़ी बैठक की बैठक में मंडल और सेक्टर मजबूत करने पर जोर दिया गया इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मंडल और सेक्टर की वजह से ही हम दो उपचुनाव वाली सीटें जीते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक की इस दौरान उन्होंने कहा की हमें हर विधानसभा सीट पर मंडल सेक्टर पर काम करना होगा जहां भी मंडल सेक्टर फर्जी बने हैं उसमें सुधार लाना होगा पार्टी के बड़े नेता हर गाँव नहीं पहुँच सकते इसलिए स्थानीय इकाइयों को मजबूत करना होगा बैठक में कमलनाथ ने जिलाध्यक्ष को चेतावनी भी दी 25 फरवरी तक मंडल सेक्टर में नियुक्तियां करें 25 फरवरी तक नियुक्ति नहीं करने वाले जिलाध्यक्ष 26 फरवरी को इस्तीफा दे दें। कमलनाथ ने बैठक में मंडल और सेक्टर मजबूत करने पर जोर दिया कमलनाथ ने यह भी कहा की डिजिटल सदस्यता अभियान से फर्जी मेंबरशिप खत्म होगी पहले सदस्य बना दिए जाते थे इस प्रणाली से दूध दूध का दूद पानी का पानी पानी हो जाएगा पहले हर राज्यों में फर्जी सदस्य जोड़ दिए जाते थे इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों से गाँव पर फोकस करने को कहा सबसे ज्यादा सदस्यता करने वाले जिला अध्यक्ष को पीसीसी सम्मानित करेगा सबसे ज्यादा मेंबर बनाने वाले जिलाध्यक्षों को पी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पुरस्कार देगा से बना लो तो अब अब तो सब चीज रिकॉर्ड ये अब जा -जा ये पहली मैं कहता कि हम सेक्टर सेक्टर बताइए सबको नहीं आए क्या क्या में क्योंकि काम को संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने